कि जब वो इंसान जब हमें छोड़ के जाता है तो किसी और के साथ वो लेता है तो जब वो उनके साथ होता है तो हमें हमारे मन में सबके मन में एक सवाल उठता है कि जो कि अक्सर उठते हैं कि वो है कि अगर कहीं किसी दिन पूछ ले वो अगर कहीं किसी दिन पूछ ले वो तो क्या क्या उन्हें बताओगे बतलाओगे मेरे बारे में या मुझको भी दोस्त बताओ तो या मुझको तो भी दोस्त बताओगे तो ये उसी के बारे में कि आ, मैं शायर हूँ जो सच लिखता हूँ मैं लिखता झूठ कहानी नहीं मैं शायर हूँ जो सच लिखता हूँ मैं लिखता झूठ कहानी नहीं ये मेरी दुनिया है किरदार है मेरे है इसमें सपनों की रानी नहीं है इसमें सपनों की रानी नहीं एक दिन तनहाई में बैठा था सोच रहा था जिंदगी के बारे जिंदगी जिंदगी के, तो तो के, के, के बारे में तब लिखा मैंने नाम न पूछो लिखा था तेरे बारे में ये नाम न पूछो मेरी मैं हर कविता अपनी एक पिछली कविता से रिलेट करता हूँ जो कि पूरी कहानियां हैं तो नाम न पूछो एक अलग कविता है तो उसी के लिए हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक दिन तन्हाई में बैठा था सोच रहा था जिंदगी के बारे में तब लिखा मैंने नाम न पूछो लिखा था तेरे बारे में सोचा ये शब्द आखिरी होंगे जो होंगे तेरे बारे में फिर इस कर लिख इसको लिख कर भूल जाऊँगा कमरे की किसी दीवारों में कमरे की किसी दीवारों में चल जो लिखना छोड़ भी चल जो लिखना छोड़ भी दूँ कागज़ कलम से दूर भी कर दूँ तो क्या करती हो मुझसे वादा जिनके संग अब सफर में तुम हो क्या उनसे कभी मिलाओगे क्या उनसे कभी मिलाओगे घर ना मिलवाओगे उनसे घर ना मिलवाओगे उनको हमसे तो क्या कुछ उन्हें बताओगे बतलाओगे चार मास दो साल में जो एक जिंदगी होती है ना कि जब इंसान से दो साल का जो रिश्ता होता है वो दूसरे इंसान के जाने में चार महीने में वो चीज बड़ी कनेक्शन बन जाते हैं लोगों के कहते हैं जो दो साल में अब्जर्व नहीं कर पाए वो चार महीने में क्या अब्जर्व कर पाएंगे तो इसी चीज के ऊपर इसी चीज के लिए लिखा था कि अगर ना मिलोगे उनसे तब क्या कुछ उन्हें बताओगे क्या बतलाओगे चार मास दो साल में अंतर और कैसे उन्हें समझाओगे गर कहीं किसी दिन पूछ ले वो तो क्या क्या उन्हें बताओगे बतलाओगे मेरे बारे में या मुझको भी दोस्त बताओगे या मुझको भी दोस्त बताओगे कौन हूँ मैं क्या रिश्ता तुमसे कौन हूँ मैं क्या रिश्ता तुमसे क्या नाम मेरा बतलाओगे बतलाओगे मेरी और काठी क्या आंखों का रंग बताओगे क्या आंखों का रंग बताओगे अगर कहीं किसी दिन पूछ ले हो तो क्या क्या उन्हें बताओगे क्या क्या उन्हें बताओगे, बताओगे? कहाँ मिले क्या बात हुई कहाँ मिले क्या बात हुई कैसे रिश्ते की शुरुआत हुई किसने बोला था लव यू पहले और कैसे बाहों में तेरी रात हुई ग्यारा? कैसे बाहों में तेरी रात हुई कैसे छुपकर मिलते थे हम कैसे छुपकर मिलते थे हम कैसे सर्दी की वो रात गई कैसे संग में रहना खाना और कैसे बिगड़ सक पात्री और कैसे बिगड़ सक पाथरी कैसे बिगड़ सक पात्री किसकी गलती थी किसने जोड़ा सर हमारे उठने कोई देखो मैं मैं हमेशा ना ना कविता जब लिखता लिखता तो गाने की तरह नवि हमेशा ऐसा होता है कि लोगों को लगता है ये खत्म होने का है तो मैं एक नई लाइन जो पेश कर देता हूँ तो फिर लोग अलग से हो जाते तो किसकी गलती थी किसने छोड़ा था झूठी बातें किसने की थी और दिल को टुकड़ों में किसने तोड़ा था कदर नहीं थी किसको किसकी कदर नहीं थी किसको किसकी किसने किसको मरता छोड़ा था और और खरे आग लगाई कितनों की रूहें तुमने क्या उनको कभी बताओगे क्या उनको कभी गिनाओगे अगर कहीं किसी दिन पूछ ले वो तो क्या क्या उन्हें बताओगे क्या क्या उन्हें बताओगे तो देखो जब ये छोड़ता है ना इंसान जब छोड़ने वाली बारी आती है जब वो दिन आता है छोड़ने वाला तब इंसान इंसान क्या करता है ना छुड़ाना चाहता है जल्दी जल्दी कि भाई मीठी मीठी बातें करके ना सामने वाले को इतना वो कर दो अच्छा बना दो कि ना वो अपने आप में खुश हो जाए और फिर हमें छोड़ने में ना ज़्यादा उसको तकलीफ ना हो तो उनका कहना है कि मैं समझू जानू तेरी बातें मैं समझू जानू तेरी बातें हैं तेरी कोशिश में करूँ मैं समझूं जानूं तेरी बातें है तेरी कोशिश में कमी नहीं है तेरी सोच अलग है मुझसे है तेरी सोच कुछ अलग है मुझसे शायद वजह यही जो जमी नहीं शायद वजह यही जो जमी नहीं मिल जाएगी मुझसे मिल जाएगी मुझसे बेहतर दूरी कर किसने किसको बोला था क्या ये खुद ही जानेगा वो या पहले से उसे बताओगे घर कहीं किसी दिन पूछ ले वो तो क्या क्या उन्हें बताओगे क्या क्या उन्हें बताओगे तो इसको मैं लंबा तो करना चाह रहा था कविता को इसे सेशन करें तो एक लाइन जो मैं अधूरी लिख के छोड़ गया एक जो अलग सही है, कि है सीने में दिल ये सबको मालूम पब्लिक का टेंशन लग रहा है कि कविता ज्यादा लंबी हो गई तो इसलिए लोग इधर उधर ज्यादा ले गए सीने में दिल ये सबको मालूम पर जो बने हुए हैं तिल तो क्या उनको कभी बताओगे तो कहीं किसी दिन पूछ ले वो तो क्या क्या उन्हें बताओगे थैंक यू बार नाम ना, ना, ना पूछो तो बाय <laughs>